तो भाई एक दिन में दो मूवी देखनी पड़ी क्यों देखनी पड़ी क्योंकि 40 किलोमीटर ट्रैवल करके जाना पड़ता है मूवी देखने और कौन जाए बार बार उतना दूर मूवी देखने भाई तो एक ही बार में मैंने दो मूवी निपटा दी एक ही दिन में दो मूवी देख ली मैंने पहली मूवी जो है मैंने देखी आयुष्मान खुराना की एन एक्शन हीरो जो की काफी मजेदार थी और दूसरी मूवी है और दूसरी मूवी जो है ओडिया मूवी है प्रतीक्षा जिसके लिए मैं काफी दिनों से वेट कर रहा था तो आज इसको देखने का मौका मिल गया और मैंने देख ली और दोनों ही मूवी देखने लाए जिसको देख के काफी मजा आया और मजे ही तो चाहिए जिंदगी में हमें तो चलो फाइनली खुराना ने सोशल मैसेज देने के अलावा कुछ अलग किया एन एक्शन हीरो नाम जितना ही अटपटा है मूवी उससे ज्यादा अटपटी निकली देख के स्वाद आ गया काफी दिनों के बाद बॉलीवुड से अच्छी मूवी आई जिसको देखने में मजा आया और जिंदगी में क्या चाहिए हमको मजा ही तो चाहिए बखूबी तो देती है तो आयुष्मान खुराना ने कुछ नया क्या ट्राया तितली को अंग्रेजी में कहते हैं बटरफ्लाई और एक बार जो जाए जवानी आए मुझे उम्मीद है किसी न किसी दिन मेरी राइमी टोनी कक्कर पास पहुँच जायेगी क्या हाल सबकी उम्मीद करता हूँ बड़े होंगे मैं राहुल और रहे हैं आर डी कुछ दिन पहले बॉलीवुड से एक मूवी आई थी फ्रेडी जो काफी मजे देके गई पर थिएटर में क्यों रिलीज नहीं हुई नो आईडिया आज जब मैं एक्शन हीरो मूवी देखने जा रहा था तो उसी उम्मीद के साथ जा रहा था कि मूवी मजे देगी और मूवी ने मजे दी बिना स्टे मूवी की बात करें तो मूवी में जो अपना मेन कैरेक्टर है वो एक हीरो है जो हरियाणा गया है फिल्म शूटिंग के लिए वहाँ जाके उससे अनजाने में एक लड़के का खून हो जाता है मतलब हल्के से धक्का लगता है उसका सर पत्ता के इसके अंदर का जो एक्शन है पूरा फिल्म अपने नाम पे गई है एक्शन ही एक्शन एक्शन को छोड़ के डायरेक्शन स्टोरी और थोड़ी बहुत कॉमेडी डार्क कॉमेडी बेहतरीन ढंग से मिश्रण करके एक बढ़िया परसा है हमें अय्यर अनुरुद अयर मूवी के डायरेक्टर है एक्शन जिसको देख के देखते ही रह जाओगे डायरेक्ट किए अनुद्ध अयर जी ने टर्न देखने को मिलता है इतने भी बड़े वाले नहीं, पर बात करें तो थी जिसको देख के और सुन के हसी आती है और कुछ सीन्स में आपको अर्नब गई देते है आसमान खुरान की बात करे तो वो कभी निराश नहीं करते और इस वाली मूवी में भी उन्होंने निराश नहीं किया कुछ अलग टाइप का रोल में दिखे और उसी में फिट हो मूवी की प्लस पॉइंट कोई हीरोइन नहीं फालतू के रोमांटिक सीन नहीं नाच गाने नहीं एक्शन हीरो जो मार धाड कर रहा है इधर उधर वो भी लॉजिकली नहीं तो कुछ मूवी ऐसे भी है जो छोड़ जाने की बात करें तो बोर्ड नहीं करती मूवी फुल मजे देती है फैमिली के साथ जाओ अकेले जाओ दोस्तों के साथ जाओ मूवी देखने जाओ एक बार देखने लायक तो मूवी है मूवी मजे देती है और जिंदगी से क्या चाहिए हमें मजा ही तो चाहिए हाँ और वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर दो साल खत्म होने तक हंड्रेड सब्सक्राइबर चाहिए ज्यादा नहीं है हंड्रेड आप कर दो मुझे पता है चलो तो मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में तब तक के लिए बाय